आप फ्रेंड जीबी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वहाँ पे आप जब कोई चैट ओपन करते हैं तो यहाँ पे चैट का प्रोफाइल पिक भी दिखाई देता है आपको और यहाँ पे आपको उसका स्टेटस भी दिखाई देता है उसका नेम दिखाई देता है तो फ्रेंड इसको आपको हाइड करना है तो आप कैसे करेंगे आप यहाँ थ्री डॉट पर जाएंगे जी सेटिंग पर जाएंगे चैट इस्क्रीन पर जाएंगे यहाँ आप एक्सन बार पे जाएंगे यहाँ फ्रेंड आप हाइड कॉन्टैक्ट प्रोफाइल पिक पे क्लिक करेंगे अभी फ्रेंड हमने हाइड नहीं किया आप ऊपर देख रहे हैं प्रोफाइल पिक का आइकन सो रहा है अभी हम हाइड कॉन्टैक्ट प्रोफाइल पिक पे क्लिक करेंगे तो तो ऊपर यहाँ से प्रोफाइल पिक रिमूव हो गया सेकंड ऑप्शन है हाइड कॉन्टैक्ट नेम अभी कॉन्टैक्ट नेम ऊपर टेस्टिंग नेम करके शो रहा है आप हाइट कॉन्टैक्ट नेम को अनेबल करेंगे तो ऊपर से कॉन्टैक्ट नेम भी हाइड हो गया यहाँ फ्रेंड आगे की तरफ व्हाट्सअप ऑडियो कॉल का ऑप्शन आता है इसको भी आपको हाइड करना है हाइड कॉल बटन को अनेबल करेंगे तो फ्रेंड ये ऑप्शन भी आपका डिसेबल हो गया है अभी फ्रेंड व्हाट्सएप चैट पे जाके हम देखते हैं कि ये ऑप्शन वहाँ से रिमूव हुए हैं या नहीं हुए अभी फ्रेंड कोई भी चैट ओपन करेंगे तो ऊपर आप देखेंगे ये तीनों ऑप्शन आपके डिसेबल हो गए हैं ना ही आपका स्टेटस आ रहा है ना ही आपका प्रोफाइल पिक आ रहा है ना ही आपकी ऑडियो कॉल का ऑप्शन आ रहा है इन ऑप्शन को दोबारा लाने के लिए आप थ्री डॉट पे जाएंगे, जीबी सेटिंग पे जाएंगे चैट स्क्रीन पे जाएंगे, एक्शन बार पे जाएंगे, ये हाइट कॉन्टैक्ट प्रोफाइल पिक को डिसेबल करेंगे हाइट कॉन्टैक्ट नेम को डिसेबल करेंगे और हाइट कॉल बटन को भी डिसेबल कर देंगे तो फ्रेंड अभी ये शो होने लगेंगे तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए फ्रेंड किसी भी टाइप की कोई भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट ज़रूर कीजिए मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू